आजकल हमारे देश में ऐसे कई सारे बंदे हैं जो हिंदी को पीछे छोड़ के अंग्रेजी को अपना रहे हैं लेकिन उसकी जानकारी के लिए मैं ये बता देता हूँ कि हमारे अर्थ में 204 देश हैं और उसमें से सिर्फ और सिर्फ 12 कंट्रियों में ही अंग्रेजी पढ़ाई लिखाई और उसी के साथ साथ समझाई भी जा सकती है और यू एन में तो सिर्फ एक सौ देश है और उसमें भी अंग्रेजी का यूज़ नहीं करते उसमें फ्रेंच लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है और अंग्रेज अंग्रेज के देश में उसका बाइबल है वो भी अंग्रेजी में नहीं था उसको बाद में जाकर ट्रांसलेट किया तभी वो अंग्रेजी में बना था। और आप सभी तो को क्या लगता है जो अंग्रेजी बोल के अपने आपको प्रोफेशनल समझते हो कि वाकई के प्रोफेशनल है अंग्रेज का जो बाइबल था वो किस लैंग्वेज में था वो कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना और इसी के साथ साथ ऐसे ही मॉर इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब